वो कहते हैं कि है करामात क्या इनके चरणों की रज में जा कर के गौतम किनारे से पूछो जा कर के गौतम किनारे से, से पूछो है करामात क्या इनके जाकर के गौतम किनारे से पूछो जाकर के गौतम किनारे और भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा भरी इनकी आँखों में है कितनी करुणा जाकर सुदामा दुखारी से पूछो जाकर सुदामा दुखारी से पूछ शरण में गए फिर कृपा कितने करते हैं शरणागतों पर कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर बता सकते हैं यदि बता सकते मिलेंगे विभेषण पतितों को पावन ये कैसे बनाते पतितों को पावन ये कैसे बनाते जटायु सरी सहित कार्य से पूछो जटायु सरी से करामात क्या इनके चरणों की रज में करामात क्या इनके चरणों की रज में जा करके के गो क्या हम बुलाते हैं तो इनको सुनाई पड़ता है अरे बिनुपद चलाई सुनाई बिनु काना तो क्या इनको सुनाई नहीं पड़ेगा प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आ प्रभु कैसे सुन दुखियों की आ प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आ प्रभु कैसे दुखियों की तुम्हें ज्ञात हो राजा तुम्हें ज्ञात हो राजा की कहानी निराधार का कौन आधार है जग में निराधार का प्रश्न ध्रुपद दुलारी से पूछो ये प्रश्न ध्रुप दुलारी से पूछो है करमत क्या इनके चरणों की रज में है करमत क्या इनके चरणों की रज में जा कर के गौतम नारिस पोछो जा कर के गौतमारिश कल ही आपसे निवेदन किया प्रभु भक्तों के अपराध को नहीं देखते क्षमा करते हैं क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है क्षमाशीलता में कितनी भरी है क्षमाशीलता प्रभु में कितनी भरी है क्षमाशीलता में कितनी भरी कौन बताएगा बताएंगे भृगु जी बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं दय इनका भावों का है कितना भूखा हृदय इनका भावों का है कितना भूखा विदुर सबरी से बारी बारिश पूछो विदुर सबरी से बारी बारिश पूछो है करमत क्या इन रणों की रज में क्या इनके करमतरणों की रज में जाकर करके गौ